हेलो भाई लोग कैसे हैं आप लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स गेमर शो और माई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दो क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना लाइक करो कमेंट करो शेयर करो से हैं आप लोग kill triple kill kiss first book <laughs> first blood good Double job kill. खत्म बाय बाय टाटा गुड गया